जय हिंद दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदु बल रेखाओं के बारे में तथा उससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे तथा इसके साथ साथ जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वैद्य बल रेखाओं से इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं वैदु बल रेखाएं होती क्या है तो जैसे मान लीजिए कोई आवेश है या कोई आवेश है तो किसी आवेश के चारों तरफ किसी आवेश के चारों तरफ निकलने वाली काल्पनिक रेखाओं को बल रेखाएं कहते हैं ये आवेश हो गया इसके चारों तरफ अब ऐसा है नहीं कि केवल यहाँ पर चार लाइनें निकलेंगे यहाँ पर ढेर सारी लाइनें निकल सकती हैं, तथा इन लाइनों का एक विशेष गुण होता है जैसे मान लीजिए इसके द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर लाइन निकल रही है हम हाँ लोग केवल एक साइड के लाइन को लेते हैं तो अब अगर यहीं पर अगर किसी दूसरे आवेश को ला दिया जाए जैसे मान लीजिए या एक आवेश क्या हो गया या हो गया Q1 एक आवेश हो गया Q2 तो हम हाँ लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पर यह जो बैद बल दिखाए रहेंगे ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है मतलब अगर यहाँ पर पढ़ेंगी या ऐसे चली जाएगी या ऐसे यहाँ ऐसे या ऐसे इस प्रकार से यह मोड़ करके चली जाएंगे लेकिन कभी भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यह लचीली होती हैं तथा सुगमता से एक दूसरे से बच करके निकल के चली जाती हैं। तो यह होता है वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी और जो वैद्युत बल रेखाएं है होती हैं, यह है जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है यह डायरेक्टरी प्रपोजल होती है आवेश के मतलब आवेश जितना अत्यधिक होगा आवेश की मात्रा जितना अत्यधिक होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वैद्यूत बल रेखाएं होंगी और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन रेखाएं डायरेक्टली प्रपोजल होती है वन अपान मतलब अगर यही वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं अगर इसके बीच में यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो जो इसकी दर होती है वह घट जाती है तो वैद्युत बल रेखाएं तो तो इनडायरेक्टली तो एक नियतांक आएगा मान लीजिएगा तो तो अब यहां पर के आ गया, तो तो हाँ गया? मान लीजिए अगर के बराबर एक हो गया तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रो फोर्स लाइन बराबर क्यों अपान तो यही होता है इलेक्ट्रो फोर्स लाइन तो यही होता है इलेक्ट्रो फोर्स लाइन अब मान लीजिए जैसे क्या हो गया अगर कोई गोले चालक गोले के द्वारा निकलने वाली बैदुत बल रेखाए चालक गोले के द्वारा निकलने वाली वैद्यूत बल रेखाएं इलेक्ट्रोफोर्स लाइन ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं तो इलेक्ट्रोफोर्स लाइन तो इसके लिए क्या हो जाएगा वैदूत बल रेखाओं की संख्या बटा उसका क्षेत्रफल रेखाओं की संख्या बटा उसका क्षेत्रफल तो यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का समीकरण हमने पहले ही देख लिया यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है केव साइल नाट तो यहां पर हम लोग रखेंगे के पान एफ साइल एन जो क्षेत्रफल है मान लीजिए इसे ए से दिखा देते हैं तो यहां पर हो जाएगा के अपान एन अब यहाँ पर क्या दिया है चालक गोला दिया है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है तो हम लोग जानते हैं चूंकि ये बराबर यहां पर हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर अब ये फोर पाई आर स्क्वायर आया कहा से तो यहां पर पूछा है गोले के लिए तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है तो यहां पर हो जाएगा के फोर पाई आर स्क्र इंटू एफ नाट तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वन अपान फोर पाई एफ नाट इंटू क्यू अपान आर स्क आपके गोले चालक तार के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके निकलने वाला इलेक्ट्रो फोर्स लाइन इतना होता है तो यह हो गया चालक गोले के द्वारा अब आइए हम लोग देख लेते हैं अनंत लंबाई वाले चालक तार के द्वारा अनंत लंबाई वाले समतल प्लेट के द्वारा हम लोग देखेंगे दूसरा अनंत लंबाई वाले समतल प्लेट के द्वारा तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा इसके द्वारा क्या हो जाएगा यहां पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला यहां पर तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा वैद्यूत बल रेखाओं की संख्या अपान क्षेत्रफल यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं बल रेखाओं की संख्या अपान क्षेत्र तो वैद्यूत बल रेखाओं की संख्या कितना होता है क्यों अपान एफ साइलिन अब यहाँ पर सूत्र क्या है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल जो यहाँ पर समतल प्लेट का क्षेत्रफल होता है ए अभी इसको अलग से लिखेंगे तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एफ साइलिनट और वैद्युत बल देखाओं की तीव्रता हम लोग याद कर रहे हैं तो यहाँ पर जो समतल प्लेट है समतल प्लेट का क्षेत्रफल होता है a बराबर टू पाई आर एल क्या होता है समतल प्लेट का क्षेत्रफल तो यहाँ पर a बराबर टू पाई आर एल तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे a बराबर टू पाई आर एल जब यहां पर रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा एफ साइल एन तो अगर आप हम लोग इसको अलग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा वन अपान टू पाई तो यह हो जाएगा 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा आर एल हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आर तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा किसके द्वारा समतल प्लेट के द्वारा जो वैद्युत बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है वह इतनी होती है और वैद्युत चालक गोले के द्वारा जो वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता होती है वह इतनी होती है और या आप लोग जानते रहिए जो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र और वैद्युत बल किसी आवेश के चारों तरफ निकलने वाले काल्पनिक रेखाएं तो मतलब काल्पनिक रेखाएं जो होती है वह वैद्युत बल रेखाएं होती है तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात किए हैं तो यह होता है समद प्लेट के द्वारा या हो गया चालक बोले के द्वारा अब आइए हम तो को देखते हैं जैसे आपके इंटर लेवल के किस प्रकार के है। जैसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मान लीजिए हमने ले लिया चार हो गया चार और इसके द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो गई आठ मान लीजिए हो गया आठ तो आप पूछेगा इसमें क्यूवन व्यवटू के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का अनुपात मालजियर रेशियो पूछ लिया तो अब हमें इसे याद करना है तो हम लोग देखेंगे जो क्यूवन है किन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है उनकी संख्या है चार और जो कि द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है उनकी संख्या है आठ अब क्या पूछा है रेशियो तो रेशियो के लिए यहां पर हो जाएगा कि वन अपान के बराबर चार बटा आठ तो अब यह कट कर आ जाएगा चार एक नम चार चार दूनो आठ तो हो जाएगा वन अपान टू तो क्यों रेशियो के बराबर रेशियो टू तो यह हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लायक पूछने वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है तो अब आइए आशा करते हैं कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं जैसे आप लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन यह है आप लोग हल ही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है ही लीजिए एक में आठ हो गया और एक में हमने सोलह कर दिया यह आप लोगों के लिए है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए इसे आप लोगों को करना है तथा कमेंट में इसका आंसर बताना है यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे अब आइए हम लोग जो प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसे तो हमने कर लिया अब जो कंपटीशन लेवल के पूछे जाते हैं उसे आइए हम लोग करते हैं तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश क्यू वन है और यहाँ पर कोई आवेश क्यू है तथा इनके बीच की दूरी मान लीजिए आर है तो अब यहां से एक बैदुत बल रेखा है कुछ थीटा कोड पर इससे जाकर के क्यूटी से जुड़ी हुई है अब यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो आप जैसे मान लीजिए यहां पर एक, एक, तो एक कोड हो गया अल्फा यहां पर हो गया बीटा तो अब ये क्या हो गए अल्फा व बीटा कोड हो गए तो अब इसके लिए सूत्र किस प्रकार से बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो देने वाला इस प्रकार से क्वेश्चन है वह आसानी से हाल हो जाए तो इसके लिए सूत्र होता है क्यू वन साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर क्यू टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू यह होता है इसके लिए सूत्र अब आइए हम लोग इसमें न्यूमेरिकल को करते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को तो जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन क्या होगा एक आवेश होगा क्यू वन एक आवेश हो गया क्यू टू तथा जो क्यू है वह कितना है और एक बात यहाँ पर यह तभी इससे इतने थीटा कोड पर बनाएगा जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा लेकिन फार्मूला पर कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव को लेना नहीं है इसका फार्मूला यही होता है अगर हम लोग इसमें निगेटिव को लेंगे तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है क्यू वन साइन स्क्वायर टू साइन स्क्र बीटा बाई टू बराबर जीरो तो हमने इसको यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो पच्छांत करने के दौरान यहाँ पर माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा इसलिए यहां पर माइनस नहीं लिया गया है तो अब आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन को हल करते हैं मान लीजिए यहां पर इसके बीच की दूरी दे दी आर और यहां पर, पर यह साठ अंश के कोड पर साठ अंश के कोड पर बैदोबल रेखा गुजर रहा है तो यह बीटा कोड पूछा है तथा जो क्यू है इसका मान है 15 माइक्रो माइक्रोकुल और इसका मान लीजिए दे दिया 25 माइक्रो पच्चीस तो अब हमें ज्ञात करना है तो आइए अब हम लोग आसानी से इस सूत्र को लगाते हैं और इसका मान निकालते हैं इसका मान भी माइनस माइक्रो माइक्रोकुल दे दिया तो अब आइए हल करते हैं तो फार्मूला क्या होता है क्यू वन साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर स्क्वायर बीटा बाई इसका सूत्र होता है अब यहां पर अल्फा का मान दिया है साठ और क्यूवन का मान दिया है पंद्रह तो पंद्रह हम लोग रखेंगे पंद्रह गुड़े दस की घात यहाँ पर पंद्रह नहीं हम लोग सोलह ले लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा सोलह गुड़े दस की घात माइनस इसलिए सोलह यहां पर लिया गया क्योंकि आपके जो एग्जाम में देने दिया जाने वाला जो सभी है ना वह आसानी से कट जाएगा अगर यहाँ पर पंद्रह लेंगे तो जो इक्वेशन है काफी लंबा चला जाएगा तो इसलिए समझने के लिए यहाँ पर 16 ले लिए अब यहाँ पर माइक्रो है तो एक माइक्रो माइक्रोकुल को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर अल्फा तो क्या मान दिया है साठ तो यहाँ पर हो जाएगा साठ बाई टू बराबर अब क्यू टू का मान दिया है माइनस पच्चीस माइक्रोकुल तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा पच्चीस गुड़े दस के घात माइनस छ इन टू यहाँ पर क्या दिया साइन स्क्वायर बीटा हमें ज्ञात करना है तो बीटा को हम लोग ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ पर इसे साठ को दो से घात माइनस छक्वा और यहाँ पर हो जाएगा पच्चीस गुड़े दस की घात माइनस छइन स्क्वायर बीटा बाई टू अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर तीस अंश का मान साइन तीस अंश का मान होता है एक बटा साइन तीस का मान होता है एक बटा दो तो यहां पर है साइन स्क्वायर तीस तो यहां पर एक बटा दो का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा एक बटा चार तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सोलह गुड़े दस की घात माइनस छुड़े एक बटा चार और यहां पर यह किस में है गुणे में है तो यहां पर यह इसके भाग में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा पच्चीस गुड़े की घात माइनस बराबर इस साइड बचेगा स्क्वायर बीटा अब यहाँ पर है या भी है तो जब यह पर दस की घाट माइनस दस की घाट माइनस छ जब यह ऊपर जाएगा तो दस की घाट माइनस छूढ़े अब यह माइनस में है तो हमेशा ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा या सब पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर यह इससे कट जाएगा या कटकर जीरो नहीं होता है या घटकर जीरो होता है इतना आप लोग जानते रहिए कभी भी कुछ भी नहीं कटता है वह हमेशा घटकर जीरो होता है तो यहां पर कितना बचा यहां पर बचा सोलह बटा पचीस गुड़े एक बटा चार बराबर साइन स्क्वायर बीटा बाई टू अब यहां पे साइन स्क्वायर स्क्वायर का मतलब रूट होता है तो स्क्वायर को इस और ला देंगे तो यहां पर यह हो जाएगा रूट में सोला पच्चीस गुड़े एक बटा चार बराबर साइन बीटा बाई टू तो अब यहां पर पर हो जाएगा सोलह तो इसका अगर रूट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा चार और इसका रूट लेंगे यहां पर हो जाएगा पांच गुड़े दो तो यहां पर हो जाएगा चार सोलह का रूट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा चार और यहां पर पच्चीस अब इसका कितना हो जाएगा पच्चीस का रोड पांच और चार का रूड दो तो बराबर यहां पर हो जाएगा साइन बीटा बाई टू अब इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा चार बटा दस बराबर साइन बीटा बाई टू तो अब यहां से क्या करेंगे दो साइन को इधर कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा टू साइन इनवर्स क्वेश्चन में फोर बाई टेन तो बीटा का जो मान हो जाएगा इतना हो जाएगा दो को इधर लाएंगे टू साइन को अगर इधर लाएंगे तो हाँ यहाँ पर टू साइन अब यहां पर कहां पर है या गुणे में है तो भाग में आएगा तो भाग को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइन यूनिवर्स लग जाएगा पूरे का बटा चार बटा दस बराबर बीटा तो यहाँ पर जो बीटा कोड का मान है वह इतना आता है तो इस प्रकार से यह इंटर लेवल का नहीं है यह हाँ कॉम्पिटिशन लेवल में इस प्रकार के इक्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप लोग जान गए इसे कैसे हल किया जाता है तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो आपको मित्रगण है वह भी आसानी से बैदूल रेखाओं से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में उसे आसानी से लगा सके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत